आज वैसाखरी बात होना वैसाख महीना हेठ नठिया बे औला बार में हो उगिया पेशा बार में बार में हो गया उगिया जनाठाखी हेट, ना ओपे आज पछा भर में डुक आंगण ओला ऑंगण ला था जो वहाँ तो धूल रोज जावे जो जगह वैसाग्मी ने बेगे उठे बेग उठन रोज ने हेनाफाड़ो करे ना नफाड़ो कारण शिवजी पूजा करे शिवजी पूजा करे जो पूजा करते करते साढ़ी बार में या पूजा कर ढुक तो पछा में पसा भर में उग रोज आप पूजा करे पूजा करे मन में, हेट और हेट और हेट औरे। मन में के भाई बेसारे पूजा करो कहीं तो कहीं टूटी शेवजी तूट करू सामने पेटे के हई कर तो अबे शेवजी के बेटो कमने कहो जाओ हगर आगो कोतली दो केलो आटो हो, आटो मारो गा दी हमने कमी कहीं आप दो कटी भाई रोटी बीजी जीमे कटे नहीं जीमे तो ये मारो दे रोटी में मो दूर नाक तो आपरे तो थू आप जाए जो वैसाग महीने धूल थू जाई ना शिवजी सेवा करने जाई कर हमने बेटे रोह गई कर जो जो गया बेते बेते गया बुआ पैदल पैता। पैदल पैता ना। बै थे। बैठी मतलब गोपड़िया मोडे धूड़ रन उठावे हाकड़ो पानिया रान झोपड़िया मोडे नोरिया बकरिया सारती जो बे केर दिया बेत घरे झूबड़िया मारो कहो घर को लियो मारो घर के के। तो अमर राह को दूजी सोरी बोली तारो घर अमर पर कर रेड़ा घर कह अमर की कर रे ना के मारो तो कहे अमर रा तो बेकेर क बाबा बाह सोरी माँ ते खेत भातो लेन के थार, मा, थार, मा थार प्पा मार पापा के अड़खड़ गया जन अड़खड़ गया गिरी आई थार पापा तो के मारे पापा तुगे तो गिरी आई के के सऊ भे तो के मई नी गई तो के बेटा मोड़ा क्या आई तो के अड़खड़े मार पापा प्पा खाता मार का पापा को अड़खड़े जो खातो घो खड़े जो अड़ी सऊ भारण जाये सऊ सेना के मै तो के थारी माँ के मई तो मेरी माँ तो है मेरी माँ खाती पे तो पे ना बारे पे लेन जावे घड़ो लेन जावे तो खाती बेहत बे कण आग अवेरी घड़ो फूट जाए तो पासी कुमारोड जाए के घड़ो लाई से जी मड़ो पासी ले पानी तो बो आपे कर <coughs> आप रे कौं। कौं इनके। <coughs> माई गिरी। माँ घेरी माँ घेरी आई इनके बुजो के मां के काम करे बेटा तो हूं तो घर कम करू के तो के बारे कौन है के बारे तुम्हारे मार आया है के तो के थारे बेटा ने हमें हो रो आया तो के बारे बैठा जगह तो गई होर कमटा कोई किनो नहीं जी होर की करो यो तो गो हेट ग्रे आ थोड़ी जेज अंदर पड़ो हेटो बुजो तो माड़ो कियो तो मार तो सब भागी सब भागी जगह सब दिराई खड़े मन में विशार की विशारे बात हाँ बात हासी हुई कर हमसा बै बैठा है कोई हम जाए भाई के आया हो तो के गई थी उदय आई है मारे के बेटे रो तो बण तो करना के के तो जी और ने के ही गरीबू जियो जगो गरीब नाम वो वो के आड़ू करने आटो दीना जन बेडू टेम में देनेटो है जो तो कटी रोटी तंगे तो, तो खाते तो आटो, आटो, आटो तो मै गण बेल रही तो कई कोई चलोग आटो है तो सौ मारे घेरे पास कहीं ली पासो मेरे जा आटो कह दो रोटी बना चलो लेन लेन गया लेन गया दीनू ले कोतली खोली कोतली खोली पासो रो पा, आटो के हेठ मत तो के मारो मा तो मा है, तो मा है तो मारो है के सौरी ला हेठ पास दियो रो भी हेठ के भाई ना ना पर ले बी ओ आठो मारो सो बड़े गन्ना तू गन्ना तेना बु हगबन करना के कर दो के। तो के भाई थारे डूके तो बलो ही करो जन उगबण आगबन कर दीना हगबन की नो के भाई आटो मो सौ थी मारे बाई ने दौरी कहीं लाइज सौ थी अगपन कर, कर दी नेटो है नौकरी मैं नौकरी मत बारे साल आ तो राजा सूठी दे सालीन ससाल, हो ससाल भड़े मारे के थोरे के जो थोड़े बेहो हेटोनी बुढ़ी ए कोके मार एक ही बेटो ए खो हिणगार लाइ तलवार जो तलवार लारे के मारे पढ़ना पड़ी अग्नि को तलवार लारी पढ़ना दो चार जना के भाई तलवार लारे पढ़ना पढ़ना के तो के भाई हम वो गो आपके गिरी गिरी गो जो फलन फलन फल फल बोल मेलो अणगार लाज जन जो यार या जोगो तो तो नाम के के के के है तलेरी धूढ़ नाकनी मुंगे पूजा करनी ना करनी के गी न बड़लो पींपली सियारड़ेरी दूरी नाक नई तो हमने धूड़ नो पलन दे तो बे बेहरे उठे नी तलवारी हिणगार बेह रे फेरा फेरा लाया तो ऐसा भूजन बेनाया तो हेठले हेट आप तो खुशी हुआ आप खोडे ला रे बेटी ने पढ़ना दीनी बदा बदून तो आपरे आपरे आपरे बे पूजा आपर पूजा करे खाना अर्ज करे करे खाना एक जीरी पूजा करे। वैसा दूर नाकते। नाकते आपरे। वैसा आगूं वैसा आगूं वैसा पासो वैसा, गायोरो। वैसा गायोरो बे दूर आपे वैसाग बैसा वैसाग आग आई देख महीना आ में में बारे, बारे वैसा पूजा महीना उगिया बारह महीना आया उठन रोज आप बहनो करेन कारण करी भरे पा भरन बेने कही हू और के बेटा ने मदने पर नेटल नेटल एक हमने आटो मत दे। गटी गटी वे, वे, तो दे। तो हम सिडियों ने सुगो दे वैसा दूर ना बेटा था जेड़ो थू करी आमने थू आम गरीब बैठी रही कि गिरे जई मती बाहती डिरी रहती वे वैसाग दूर ना करने जावे करते करते वैसा दिन रिया रही सर दिन रही नहीं कह जोगे पारे नीली डोगी आई फिर जग व डोग आई इनके जगो पारे नीली देखी नहीं सी निमी ने नहीं सी निमी ने पगे लागी भाई डोगी है पगे तो पता नहीं लागो के पगे लागी नो के भाई सब बेटा पगे तो सौ लागी बन नर बिनो नारी कैडी चलो के नर बिनो नारी कैडी बिन दिन डोगी पगे लागन आईरी बीन हेठरे वाह पगे लागन पासे आई तो रही दुझद वाह पड़े वाह फिरते गिरते डोगरी तो हमी रे सगो बड़े आईरी भले आई इनके योन के के थी मने के नर बिनो नारी कैनो कऊ मतलब जलम ही कोई तो, तो, तो बुड है थने लाया सेवा करने वास्ते से भेड़ मन में विचार कि नरे भाई कम भा थे जनों मे बेचार नार भाई बात कऊ है कऊ नी जनो बिना आप रोटी बीनाई तो बे जाडी पतली मड़ी जली बाटिया बिना मेह दिया तो बिना आप कोई की बेसाणीना बात नहीं मोड़ी मोड़ी बैठी चलो मोड़ी बैठी जन बिना कह हेठ के भाई आज आमड़े बीन ने कोई कोई भेद भूगे हमें हमने दिन माला आ जाए सेवा के तो हेट ही के भाई के में ही भाई कोई जन आज हमने बेद सेवा फरक आयो कहो बा दूध दिन योजना तो के डोक के यो तो क था रेके हाउरे टा को नहीं बना थारे हाऊरे कौंसा तू मंगे तो मूंग मांग बेटा दू ग गया जन तीस दिन हो फ डोगरी आई डोगरी डोगरी डोग डोग बारगी डे जो डोगरी के आज तू इ करी तो थारे हाउर करने तू मंगी थारी दे हाँ दे दे धन माल इने माया थाने तो के के तो जनो कहो के मक दोटी बीजे तो जो कोंसियों तो तू को कमरा नीतने चलो बैठ बिना कह हाथी डोकर कह आज तू इ करी पासे पास बात की तो ऐसे बंदोड़ी री कमरा री जखी तू के आज बीन नहीं ने दिखा दे चलो आपरी बिना आपरे आम हो रहा इनके बिना आपरे पलोटा बीजा भरन दिखाड़ी लोटा जुड़ आदिनान, दियो, मेल परो के जिम्या जिम आपे ठा जान हो गया हाउ हाउे बाबन ढोड़ी बैठी हाउ ने कहो के, जो? के हर हाउ ने कह जो के कहो रोटी जी मन है है थारे चल हाउ आप रोटी रही आप हाँ बेटा के नी आज के कर्म के पोत झाड़ू करी दे हमने बोरा झाड़ू करी ना थू खोल दे कमरा दो कमरा खोल तीन खोलिया चार खोलिया भाई जर देखो झाड़ू पता करो देखे तो कमरा मो मा धन माल कोई कमी नहीं खोलियो तो मो घ पड़ी मो खाणा दुणा दूधड़ो खोलो तो घना पड़िया खा दूणा मोन धन माल न कोई गेणो न घटो देग देग देग देग न देख देख सब स देख देख हुई देख देख राजी हुई हैं ये कमरो खोलियो कह जगो म आप रे शिवजी रु मिंदर रे शिवजी रू मिंदर एन पीपड़ मिंदर मोन बे मिंदर रे मो पसी पेरो जमा हो पर है के वो पलो पलो के करियो करियो ऊंगड़ी आप जेनो कह हाउजी कहता के आई हाउज हाँ। हाँ। हाँ बेटो तो हरे जी रे के, के आ गया के भाई आपने सगु का नींद महूत कण कण नही पास आई हऊ हाँ। हाउ आई ठंडे कलसीना ठंडे पानी रो हाँ लज दिन पानी तो पीना बड़िया थाल रोटियां बिना परिनी हाउ ने हार हाउ हो रो रोटी जी मन रिया हाउर जापराने ठा सी हो गया हाउ बटे बैठी हाउ बंटो बैठी जो हाउ ने कह जो के भाई के भाई घरे गया तो के आया जन के होता जन तो ठीक है आज के मैं तो के ने के, तो के, के, के, जामों के लो वैसा कह ने दूर ना न जा थू के, के, के, के, के।, के, के मार बेटे ने बुझी के के आया प्रजा बुझियो बुझियो के के के ठीक आया तो के के मार को ने आप कोनी थू मारी मा ने के भाई रात रे के न बिना बिना न कपड़ा के पास हिड़ा उमड़ा हिड़न तैयार करोड़ी हिणगार के मारी माँ करे जो, मार बाप धुई में बामी हिणगार करें नॉन पानी करन, ए, करे हो करण धोवण के, मने के नगरी ढोल नगारा बजाज रात भर में के तैयारी करो कहो हव ने कवी के, के थोड़े बेटे के कहो क्या मैंने रात भर में कपड़ो भीना कनु हिड़ा हिड़ा मारे कपड़ा अन करे के के के में में में करनो करनो करनो मार पापा नहीं बाप ने। थारे के पाणी करन तीनी कर फेरा प्रोलो फेरा ढोल नगर बजा दे उ के के मुंह मुंह उी ने दे टल कोनी बारे सालों के तो जान के, के भाई थोड़े बेटे के, यो, के मने के रात भर तोनो तो आनो जन जारे हो रहे आप दीना जोगो आजो को, कपड़ जो कपड़े पिंड जो दर्जी ने रात भर में नी कपड़ा वे कपड़ा ही कपड़ा हीर दिना रात भर में गुजर त्यार कर दिना एक नहीं कह नगरी में लो फेरा बो ढोल नगर बजान बधान लोक मोतियो तो वो आप नगरी में लो फेर दिनो तेनू गए थाल बीजा परूसन त्यार भाई वैसा अगर ली ना। के महीनेर बापरे बदाने ग्रीनो आ गुर्जरी पर घोड़े सरणो थोड़ा बापरे हबू वेजड़ बिने बदा गिरीली बजाते गावते बजाव लीन के गे ली ली तो नगरी रे के भाई के तो के कहीं के करेन के बाप के, यो के, के करें। लो तो तो, बे आप तो, तो, तो यो पे के के आप यो वो नगरी में लो नगरी भेड़ी हो गना बजाणा मंगरा मंगड़ा गावे न कोई आप रे गीत गाने ऐड़ बेसे न कोई पतासा बेसे न बे हेंगे सीधरी कमी कहीं कोई नेटोर गिरी तबे तो आप रे हे आपे अण मंगल करे न, करे बड़ा करो गिरे, गिरे ना बदली तो बोले न, मालन, तो शिवजी बेटोल परगट हो आपने तो कोई चीज रही कमी वैसा करे वैसा महीने ये तो मातम मिले के सब वैसा करे वे कमारी सही सही सही जे जे जे तो शिवजी पूजा पूजा कर दूध दूध दही ओ का जेठ तो सार ने तूर जो नहीं तूर जो कोई कु करे कोई पन्नोड़ी करे तो वैसा करे ना वैसा वैसागरी बात है